नहीं आपकी ट्रेनिंग हो गई वहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करेंगे कि आपको कैसे बुझाना है फैस ट्यूशन हमें कैसे यूज़ करना है ठीक है उसके लिए हमारे जी की तरफ से रोहित हैं तो आपको वो डेकोस्ट्रेशन करके बताएंगे, ठीक तो रोहित बेस्ट सबसे पहले हमें एक पूरा प्रैक्टिकल करके चेक पहले सब सब हमें सबसे पहले जो हमारे पिन के साथ ये ये पिन लगी होती है, है, इसको खींचना खींच लिया खोलिए उसके बाद हमें बड़ा ये पिन खोली ये जो नोक लगा हुआ है ये निकाल दिया डिस्चार्ज तो ट्यूब खोलेंगे यहाँ से जो हमारी है इसको लाने का तरीका बताओ ठीक है मैं बता दू जब भी हम फायर ट्यूशन लाते हैं लोकेशन से ठीक है तो उसको ऐसे हाथ में लटका के नहीं लाना है ठीक है क्योंकि हमारा ये फायर ट्यूशन छोटा है ठीक है हमारी का क्या ठीक है हमारा कुछ फायर ट्यूशन जैसे एस टू फायर ट्यूशन है वो बड़ा होता है किसी किसी बंद के हाई टी टूशन तो वो क्या होगा नीचे टकराता जाएगा ठीक है क्योंकि हम जब फायर होगी तो हमें क्या करना है सारी चीज़ें जल्दी में मतलब एमरजेंसी की चीजों को हमें जल्दी में करना है तैयारी के साथ ठीक है तो उस दौरान क्या होगा वो रगड़ के रखने के चांस देते हैं और उसका जो है डोजल वोजल कुछ चीज़ें टूटने के भी चांस देते हैं ठीक है तो हमें फायर ट्यूशन से एक बार लेना है कंधे कंधे पर हमें ऐसे ऐसे लेटा लगा है वेरी वेरी गुड गुड ठीक है चार जली है आप बुझा सकते हो ठीक है फिर हमें इसका हवा का क्या देखना है डायरेक्शन देख रहा है कि हवा किस डायरेक्शन में जा रही है किस डायरेक्शन तो तो में जा रही है इस डायरेक्शन में जा रही है ठीक है तो वो हमें किस तरफ खड़ा होना है आप? आपोजिट डायरेक्शन में ठीक है तो जहाँ तो पर बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो उसमें आपको पता कैसे चलेगा हवा नहीं पता चल रहा हवा का फ्लो का लेकिन यहाँ तो हमें दुएं का पता चल रहा है तो विंडसॉक लगे होते हैं ठीक है तो लगे होते हैं उससे हमें डायरेक्शन पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में ठीक ठीक ठीक है है है है है अब अब उसके बाद एम ले, एम ले ले लिया हमने आगे ले ले। अब आगे क्या था हमारा थोड़ा दूर दूर ऑफ़ ये ये वो आ ये नहीं सकता हमें दबाना है और डायरेक्शन नौ दबा के डायरेक्शन नहीं अब प्रेशर खत्म हो गया तो अब नहीं चलेगा क्यों तो, चले तो जब भी अगर आपको ऐसा लगता है एक्सपायर तो